हेलो गाइस कंप्यूटर होमी साइंस चैनल में आपका स्वागत है मैं नितेश देवतिया आपका स्वागत करता हूँ कंप्यूटर होमी साइंस चैनल में और आज आपको C प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में बताने वाले हैं बेसिक है पहली क्लास है चैनल वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपको बता दें कि सी आजकल आज जो टाइम है वो पेपर हरियाणा पुलिस किसी बहुत सारी चीजों में आ रही है लैंग्वेज भाषा जो होती है आपकी कंप्यूटर भाषा होती है मशीन लैंग्वेज होती है और मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं और एक C प्लस प्लस तो आज C प्लस प्लस का ऑन बेसिक क्लास बेसिक क्लास सीखते हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो चलते हैं जी इंट्रोडक्शन है ऑनली इंट्रोडक्शन है और पीपीटी आई जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी और नीचे वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा वट इज सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस है क्या सी प्लस प्लस ए क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज ये करोड़ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जिसका यूज कहां होता है दैट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन आपकी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में इसका यूज होता है व्हाट्स एप फेसबुक जो भी हम सब फोन में यूज करते हो वो सभी सभी सी प्लस प्लस से ही डेवलप होते हैं बनाए जाते हैं सी प्लस प्लस डेवलप्ड बाय बी एज एन एक्सटेंशन ऑफ दील इसके जो निर्माता है वो ये थे ट्रौर्ण ट्रौर्ण इसके जो C प्लस प्लस होती है ये एक हाई लेवल की लैंग्वेज होती है जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज की जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में होता है आपकी विंडो होती है वो सभी सभी C प्लस प्लस से ही मॉडिफाई की जाती है और आपको बता दें कि इसको कंट्रोल करने वाली आपकी जो दिखाई नहीं देती सी लैंग्वेज ये होती है द लैंग्वेज वॉज अपडेट थ्री मेजर टाइम को तीन बार डेवलप किया गया था दो में दो में दो चौदह में तो सी प्लस प्लस इलेवन सी प्लस तो नेक्स्ट पेज वाई यू सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस का यूज कहा किया जाता है सी प्लस प्लस इज ऑफ वन ऑफ दर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका यूज पूरी दुनिया में किया जाता है ना कि इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में लैपटॉप कंप्यूटर यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन यूज की जाती है C++ प्लस प्लस कैन बी फाउंड इन टूडे ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जो आपके की माउस मदरबोर्ड जो भी होता है उसको कंट्रोल करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपको बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर है, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको जो कंट्रोल करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर लैपटॉप को ऑपरेटिंग करने वाला सिस्टम आपकी विंडो है C++ is an object-oriented programming language which gives a clear structure of programs. स्ट्रक्चर ये एक ऑब्जेक्ट ऑरेंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज के नाम से भी जाने जाती है और एक क्लियर स्ट्रक्चर मतलब इसमें कोई झंझट नहीं होता सबसे ज्यादा आसान होती है जी प्रोग्राम देट एंड अलाउ को टू बी रिड्यूस ये रिड्यू री यूज्ड मतलब इसे द्वारा भी आप यूज कर सकते हो एक बार नहीं बल्कि कई बार यूज कर सकते हो लोइंग डेवलपमेंट कॉस्ट और आपको बता दें किसी ऐप को डेवलप करने में इसकी सबसे ज्यादा कम कॉस्ट दी जाती है सी प्लस प्लस इस पोर्टेबल एंड कैन बी यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन इसका जो मेन यूज होता है वो डेवलप एप्लीकेशन के लिए यूज होता है आपकी जो फोन एप्लीकेशन है सिस्टम एप्लीकेशन है वो सभी के, सभी सी प्लस प्लस सही डेवलप की जाती हैं, ज्यादातर की जाती है सभी नहीं की जातीन बी अडेप्टेड टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म सी प्लस प्लस को कई जगह कई प्लेटफॉर्म पर यूज किया जाता है सी प्लस प्लस एंड इजी टू लर्न, देख लेना बिल्कुल आसान है C इससे कठिन है लेकिन C++ बहुत ज्यादा आसान है तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो C++ प्लस प्लस इंटेक्स इंक्लूड आई सो ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इन मेन एक आउट है इसी सिंटेक्स के जरिए सभी के सभी प्रोग्राम बनाए जाएंगे पहली क्लास है पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक है नहीं आया समझ में नेक्स्ट देख लीजिए सब समझ में आएगा चलो नेक्स्ट तो करते हैं लाइन वन इंक्लूड आइस ट्रीम इज हेडर है छिपाना जो छिपाता है आपके आउटपुट इनपुट को छिपाता आपने आउटपुट क्या देना है वो सब आउटपुट जब आप प्रोग्राम को कंपाइलर करोगे या फिर रन करोगे जब यह आउटपुट देगा दस्ट लाइक टू वर्क इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट ये एक आउटपुट इनपुट ऑब्जेक्ट होता है सच एज सी आउट जैसे C, Cout, मतलब जैसे सी आउट सी सी एस डबल ई आउट सीमा तो ने देखना आउट आउटपुट तो इसका जो है वो इसमें लिखी जाती है सी आउट यूजिंग लैंड फाइल फाइल फाइल एंड प्रोग्राम मतलब एक फंक्शनल होता है प्लस फर्सन यूज किया जाता है यूजिंग आप लगा भी सकते हो नहीं भी सकते मीन दैट वी कैन यूज मतलब हम इसे यूज कर सकते हैं लगाना चाहते हो लगा लो मतलब यदि यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो वरना तो हटा दो नेम्स ऑफ फोर ऑब्जेक्ट एंड वेरियबल फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है एसटीडी। आप डी आप कर सकते हो और दो डॉट एक तरीके से दो डॉट दे सकते हो लैंड थिंक दैट ऑलवेज एपियर इन द सीज प्रोग्राम इन मे इट इज कॉल्ड सबसे मेन प्रोग्राम होता है इन Mean, तो में इसमें आप मेन फंक्शन आगे जाके देखेंगे इसका काम क्या होता है मतलब आप नहीं देना चाहते हो, तो दे नहीं देते तो ये इग्नोर कर देती है सी प्लस प्लस लाइन फाइव आउटपुट एज एन ऑब्जेक्ट यूज टूगेदर विद्रक्शन ऑपरेशन ये जो दो ऑपरेटर ऑपरेटर होते हैं ये दोनों यूज किए जाते हैं इसमें आउटपुट प्रिंट प्रिंट डॉट टेक्स्ट आउटपुट के लिए किया जाता है प्रिंट के लिए किया जाता है इन अवर एग्जांपल इट विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड जैसे हमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिला था ये सी आउट आउटपुट के लिए होता है लें रिटर्न जीरो एंड द मेन फंक्शन रिटर्न जीरो एंड द मेन फंक्शन मतलब हमें बाद में जीरो मिलेगा सिर्फ हेलो वर्ल्ड के बाद इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा हेलो वर्ल्ड ही आप आप निकलेगा हमारा डो नॉट फोरगेट्स मान माने ये ब्रैकेट्स होते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट होते हैं टू एक्चुअल एंड ऑफ द मेन फंक्शन मतलब इनको नहीं लगाओगे प्रोग्राम में एरर आएगा एरर आएगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा ये लगाना जरूरी तो है तो ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम है मैंने यहाँ पे जो नेम स्पेस एस टी वो नहीं लिया है इंट मेन एस टी सी आउट हैलो वर्ल्ड रिटर्न है जीरो आउटपुट हेलो वर्ल्ड हैलो वर्ल्ड आया रिटर्न जीरो की वजह से पूरा नीचे नहीं आया बल्कि हेलो वर्ल्ड पे आके स्टॉक हो गया तो, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अवर वीडियो है थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो और HTML की कुछ वीडियोज हैं जो हमने बनाई हुई है HTML टी यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिले धन्यवाद